Om oh, Namah Shivaya. Om oh, Namah Shivaya. Har Har Bolu Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om oh, Namah Shivaya. हर हर बोलो नम शिवा रामेश्वरा शिव रामेश्वराय हर हर बोलो नमः शिवाय नमः शिवा ओ नम शिवा हर हर बोलो नमः शिवा हर हर बोलो नमाश एक ही सब है तुझे क्यों भिन्न प्रतीत है जा तू खुद में उतर दिखेगा वो समीप है बंद कर ये नेत्र तुझे हर पल ये चलते हैं है ये सब अपने क्या ये सच है या फिर मे प्यार तो बोलो नमः शिवाय ओ नमः शिवाय हर हर बोलो नमः शिवाय तुझ में बसा है शिव मुझ में बसा है वो ही है विष्णु वो ही है ब्रह्मा तुझ में बसा है शिव मुझ में बसा है वो ही है विष्णु वो ही है ब्रह्मा हो ही है ही है ब्रह्मा